गोल्डन वर्स बाई सा गुरु मंदिर के अंदर सोना नहीं है कल्याण अधूरा रह जाता है गुरुजी कहते हैं बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए वरि गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है